मैं हूं साधारण लिखाई में जो सिर्फ दिल को शब्द दे पाते हैं। तुम असाधारण तजुर्बों में जो महसूस करने पे कर जाते हैं मैं हूं सड़क के इस पर झोपड़े में जहा कमरे को ही मकान कहते हैं। तुम उस पार एक महल में जहां झूमरों पे भी हीरे लगे रहते हैं। तुम हो किसी ट्रेन के भरे हुए डब्बे में बैठा जहां सांस नहीं ले पाते हैं ख्वाब सारे तुम, तुम हो किसी कुएं के पास जहां सिक्के उछालने पे पूरे हो जाते हैं सपने। मैं हूं एक क्यूबिकल में बैठा जहां पर घड़ी के बंद होने पे भी कोई नहीं रुकता तुम किसी झूले पे बैठी हूं जहां वक्त से बदलता है रंग आसमान के देरे में तुम हो उजालों में मैं हूं सवालों में तुम हो जवाबों में मैं और और सच में तुम हो उम्मीद में पर क्या सच में हर उम्मीद अच्छी होती है तजुर्बे तो जंग की भी वजह बन जाते हैं और महलों में रिश्ते दीवार से बढ़ते हैं सिक्कों का नसीब भी पलटता है और जो वक्त गुजर जाए वो पल्स बस बर्बाद ही लगता है जो इच्छा है, हकीकत से नफरत करवाती है सच होने पे वो इच्छाएं हकीकत से चुक जाती है जो पाया ही नहीं उसके सुकून में क्यों जी रहे? और जो है पास उसमें सवाल क्यों उठा रहे हो ये कौन से कल से हमने उम्मीद लगा के रखी है कि कि जिसकी वजह से हमने अपने आज से ही झगड़ा कर लिया है तो इसलिए जब तुम और मैं ना सही है ना गलत तो हम दोनों एक क्यों नहीं